हेलो दोस्तों नमस्कार मैं आकाश कुमार यादव फाउंडर एंड सीईओ ई स्कूल जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा कि आज जो है हम अपना एडवर्टाइज करने नहीं आए हैं ठीक है मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए मैं ये भी नहीं कहने वाला हूँ कि आप हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करिए इंस्टा को फॉलो करिए ट्विटर को फॉलो करिए क्योंकि मैं जानता हूं अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा रहा तो जरूर फॉलो अप करेंगे बहरहाल हम जो है आज एक बहुत ही गंभीर समस्या पे चर्चा करने आए हैं <coughs> जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है और कई लोगों के डायरेक्ट जिंदगी से जुड़ा हुआ है आपके बच्चों से शिक्षकों से कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक से स्कूल्स के चेयरमैन से ये समस्या सबके साथ थी और आ, हमारी व्यवस्था देखिए हम हर एक चीज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं बट अभी तक जो है हमने शिक्षा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया टेक्नोलॉजी स्कूल से ही निकलकर बाहर गया बच्चों ने पढ़ाई की वही आगे चल के डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बने नए नए टेक्नोलॉजी को लाए बट दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश में अभी तक शिक्षा को वही पुराने तरीके से ही पढ़ाया जा रहा है ठीक है और सबसे बड़ी समस्या थी एक <coughs> ये आप लोगों के साथ भी समस्या रही होगी आपके बच्चों के भी साथ समस्या ये है शिक्षकों के साथ भी ये समस्या है समस्या ये थी कि एक क्लास में बच्चों की संख्या होती है ज्यादा अमूमन पचास साठ बच्चे होते हैं चालीस बच्चे होते हैं तो एक चीज देखिए सारे बच्चों का माइंड लेवल अलग अलग होता है ठीक है कुछ बच्चे हैं टीचर के एक बार के समझाने में ही समझ जाते हैं कुछ बच्चे दो बार तीन बार में भी नहीं समझ पाते हैं ठीक है ये गॉड गिफ्टेड होता है ये किसी बच्चे की अपनी कमी नहीं है और समय के अभाव की वजह से ये टीचर जो है सारे बच्चों को सेटिस्फाई भी नहीं कर पाता है क्योंकि उनको कोर्स भी पूरा करना होता है ठीक है तो थोड़ा सा मुझे जुखाम हुआ है बहरहाल हम तो आज आपसे बात करने आए हैं तो चलता है ये भी इसका सल्यूशन किसी ने नहीं सोचा क्योंकि समस्या छोटी है ठीक है तो किसी ने इसमें समय नहीं दिया बट ये छोटी समस्या इतनी जटिल थी कि कमजोर बच्चे और कमजोर होते गए जैसे जैसे हर क्लास ऊपर गए वो एक एक साल ऊपर जाते गए वो कमजोर होते गए क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है ठीक है इस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले 2016 में मैं एक अपना गोरखपुर में छोटा सा स्कूल भी खोला था तब मैं मात्र वही 20 इक्कीस साल का था क्योंकि शुरू से ही सोच लिया कि शिक्षा में ही सुधार करना है हमारे ग्रामीण इलाकों में शिक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि जो भी अच्छे टीचर्स हैं ज्यादातर लोग मूव कर गए हैं शहरों में आ, मैं ये नहीं कहता हूं कि गांव में अच्छे टीचर नहीं हैं, हैं बिल्कुल। मगर आखिर कुछ तो रीजन होगा कि शहर के में ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो जा रही है गांव में कम हो रही है कई कारण हैं। मैं केवल टीचर पे दोष नहीं देता हूँ अ के गार्जियंस थोड़े जो है वो कम पढ़े लिखे होते हैं बच्चों पे टाइम नहीं दे पाते हैं काम क्योंकि वहां जाता होता है ठीक है और हमारी देश में मेजोरिटी ग्रामीण इलाके में आज भी रहती है ठीक है तो ये बहुत बड़ी समस्या थी कि बच... और अगर समस्या नहीं थी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं जी बच्चा तो हमारा 100 परसेंट स्कूल में पढ़ लेता है ये जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं तो आप एक बात बताइए अगर बच्चा आपका 100 परसेंट हो जाता था स्कूल से तो आप ट्यूशन को जाहिर सी बात है, आपको लगता था कि पूरे ये, आप भी जानते थे कि एक टीचर को, सारे बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाएगा वो क्योंकि जो भी बताया वो सब जिसने सुना सुना जिसने समझा समझा बाकी सब हवा में गायब अब कहीं पर वो चीज है तो नहीं कि बाद में बच्चा उसको देख ले ठीक है तो क्योंकि ये कमी थी इसीलिए आप लोगों ने फिर से बच्चे को कोचिंग या ट्यूशन में भेजा कोचिंग और ट्यूशन में भी यही होता है वहां पे भी ज्यादा बच्चे होते हैं नहीं समझ में आया तो वो चीज गया गायब हो गई दोबारा वो चीज बच्चा देख नहीं सकता है कि हमारे सर ने समझाया गया है तो देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर चलाया है बट लॉकडाउन में स्कूल बंद होने के बाद मेरा क्योंकि ग्रामीण इलाके में था तो नया नया लॉकडाउन लगा कभी ये सब किसी ने देखा नहीं था तो हमारे पास ऑनलाइन पढ़ाने की फैसिलिटीज भी नहीं थी ना बच्चों के पास पढ़ने के फैसिलिटीज थी ठीक है सब ने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके इधर उधर किया बट मैं खाली था उस टाइम में तो मैं ये सोच रहा था कि इस Uh, समस्या को कैसे हल किया जाए uh, उसी टाइम पे गवर्नमेंट सीट फंड देगी सीट फंड मतलब शुरुआती धन किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो चाहिए होता है क्योंकि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स पैसा देते हैं वो लगभग एक साल के बाद देते हैं एक साल के रेवेन्यू के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूएशन आता है उस पर दिया जाता है ये जो शुरुआती के एक साल होते हैं इस, इसी को चलाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं तो ये गवर्नमेंट ने उठा लिया बेड़ा बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए तो मगर आइडिया भी इनोवेटिव होना चाहिए अब इसमें मैं सोचने लगा कि इनोवेटिव आइडिया क्या किया जाए क्योंकि शुरू से जो था अंदर की काम करना है तो केवल एजुकेशन सेक्टर में ही करना है इसे छोड़कर मुझे कुछ आता भी नहीं जब भी करूँगा तो एजुकेशन सेक्टर में ही तो फिर मैंने सोचा इस पे कि बच्चों के साथ ये बहुत प्रॉब्लम है कि जो चीज नहीं समझ में आता है उनको वो छूट ही जाता पूरा पोर्शन कुछ बच्चे संकोच बस नहीं पूछ पाते हैं कुछ पूछते हैं टीचर बता नहीं पाते क्योंकि टाइम की अभाव होती है तो जब हर जगह हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां पर क्यों नहीं हम खेत की जुताई पहले बैलों से करते थे अब ट्रैक्टर से कर रहे हैं पहले कच्चे मकान में रहते थे अब पक्के मकान में रह रहे हैं पहले हैंड फैन यूज करते थे अब पंखा एसी, कूलर सब कुछ यूज कर रहे हैं तो दुकान से सामान लेते थे अब ऑनलाइन भी सामान मंगा रहे हैं हम बाजार में नहीं जाने का मैंने ऑनलाइन आपने मंगा लिया तो थोड़ी सी सुविधाएं बच्चों को भी मिलनी चाहिए कि अगर क्लास में नहीं समझ पाए वो तो वो बाद में समझने का उनको मौका दिया जाना चाहिए कोई भी मैंने कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं किया सबके पास मोबाइल फोन होता है तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना टीचर लेक्चर देते समय अपना लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर लें ठीक है लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर लें जिससे वो बच्चा वो वीडियो देखकर बाद में अपना टॉपिक क्लियर कर ले बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आई कि इतना बड़ा स्टोरेज किसी के पास नहीं होता है कि वो एक साल का वीडियो रख सके अपने पास फिर इस पर और काम किया मैं कि एक ऐप बनाऊं कि उस पर पूरे एक साल तक का वीडियो स्टोर रहे ताकि बच्चे को साल भर में चाहे जब वो वीडियो देखना हो आराम से वो देख ले और अपना टॉपिक क्लियर कर ले ठीक है क्योंकि बेस होना अब कहते हैं कि ना जी ना बड़े बच्चों के लिए तो ठीक है ऑनलाइन छोटे बच्चों के लिए जी नहीं सही है, वो क्या बेचारा मोबाइल से पढ़ेगा वो मोबाइल से खेल सकता है बट पढ़ नहीं सकता है क्योंकि हमारी सोच ही नहीं है ठीक है ये बताइए अगर बच्चे का बेस ही नहीं हुआ तो आप कंपटीशन बीट करने के लिए उसे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं आप अपने ऊपर ले लीजिए जो भाषा आपको ना आती हो उसका किताब मैं कहूं आप पढ़ दीजिए याद करके सुना दीजिए तो आप हंसेंगे कहेंगे यार अजीब पागल आदमी है जो चीज मुझे पढ़ने नहीं आता वो ये कह रहा है तो सेम प्रॉब्लम बच्चों के साथ भी है अगर बेस नहीं मजबूत रहा तो आगे वो कैसे करेंगे अगर बच्चा मोबाइल पे खेल सकता है गेम्स तो बच्चा मोबाइल के साथ पढ़ भी सकता है ठीक है बस जरूरत है तो हमें अपनी सोच को बदलने की तभी जो है हमें हम आगे बढ़ पाएंगे अब <coughs> भारत के अंदर दूसरी समस्या क्या थी शिक्षा बहुत ही महंगी थी क्यों महंगी हुई क्योंकि लगातार बढ़ते हुए जमीन की कीमत आपको स्कूल खोलना है तो सबसे पहले तो आपको एक जमीन खरीदना पड़ेगा जो कि आपको पता है दिन दोगुनी और रात चौगनी की रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसके बाद करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्डिंग्स बनाने में तामझाम और करने में बसेस ट्रांसपोर्टेशन सुविधा लाने में ठीक है स्टाफ को रखने में इतना करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद एक ही स्कूल मालिक या एक कोचिंग मालिक पढ़ा कितने बच्चों को पाता है ज्यादा से ज्यादा हजार बच्चों को बैठा पाएगा दो हजार को बैठा पाएगा कई ब्रांचेज जिसने बनवा लिया वो पांच को बैठा पा रहा है मगर हजार बच्चों को बैठाने के लिए कम से कम उसको करोड़ों में खर्च करने पड़ रहे हैं अभी मैंने उतना किया नहीं है तो मुझे मालूम नहीं है कि कितने करोड़ का एस्टिमेट बैठेगा यह सब जगह डिफरेंट भी है जहां पे जमीन थोड़ी कीमतें हैं वहां और ज्यादा बैठेगा बट अब देखिए वो करोड़ों खर्च करेगा तो पर सीट वो फीस भी ज्यादा लेगा प्रॉब्लम यहां गया है जो इससे गरीब बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं ठीक है शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं इसीलिए हमारे मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है उसमें भी ई लर्निंग पे फोकस करने के लिए कहा ठीक है तो ई लर्निंग के माध्यम से ही हम कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को रिड्यूस कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ एजुकेशन रिड्यूस देखिए होगा ऐसे कि इसको एक ही ब्रांच के साथ स्कूल जब पढ़ा रहे तो वो अपने लेक्चर की वीडियो बना लें। हम उस वीडियो को देश के कोने कोने तक गरीब से गरीब बच्चे तक पहुंचाएंगे ठीक है उससे क्या होगा जो बच्चा आज किसी भी बड़े स्कूल जहां पे दस हजार रूपया मंथली फीस है ऐसा नहीं है कि नहीं है बिल्कुल है आप पता कर लीजिएगा बिल्कुल है आप नहीं जानते होंगे मगर ऐसे स्कूल भी है जहां दस दस हजार महीने फीस है तो जो बच्चा वो चीज अफोर्ड नहीं कर पाएगा ऑफलाइन मोड से हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से वही बच्चा वही गरीब बच्चा उसी स्कूल की शिक्षा को ले सकता है एकदम सस्ते से सस्ते कीमत पे मुश्किल से 100-200 रुपए उसका महीना पड़ेगा तो क्यों अच्छी शिक्षा पे क्या गरीब का हक नहीं है अगर नहीं है तो कमेंट करिएगा प्लीज ठीक है अगर है तो हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में मदद करिएगा ठीक है आपके परिचय के जो भी स्कूल कोचिंग्स हो उनको आप लिस्ट कराइए हमारे प्लेटफॉर्म पे ठीक है स्कूल्स को इनकरेज करिए इसके लिए आगे बढ़ने के लिए क्योंकि आज नहीं करेंगे उन्हें चार साल बाद दो साल बाद करना पड़ेगा क्योंकि एक बार जब बच्चा इसका, इसका इस्तेमाल करेगा उसको फायदा दिखेगा तो गार्जियन अपने आप स्कूल को बोलेगा और उन्हें करना होगा ठीक है जैसे हर जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है वैसे यहां पर भी होगा क्योंकि ये नीड हो जाएगा ठीक है सारे बच्चों का तो और इस माध्यम से हम गरीब से गरीब बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं अच्छी से अच्छी शिक्षा का मतलब ये है हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे स्कूल होंगे ठीक है तो देखिए एक दुकान के अंदर हजारों सामान होते हैं हजारों कपड़े कपड़े की दुकान का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो हमें केवल एक कपड़ा पसंद आता है मगर ऐसा नहीं है कि और सारे कपड़े फेंके जाते हैं किसी न किसी को वो कोई ना कोई कपड़ा पसंद आता है ऐसे ही ये रोटेशन चलता है हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे स्कूल होंगे तो कोई भी बच्चा अब जरूरी नहीं है ये नहीं मैंने कहा कि केवल हम बड़े स्कूल्स की लिस्टिंग कर रहे हैं हम सारे स्कूल्स की लिस्टिंग करेंगे जितना आपसे हो पाएगा जितना मिल जाए हमें इससे क्या होगा वेराइटी ऑफ ऑप्शन होंगे बच्चे को चुनने के लिए ठीक है जरूरी नहीं है कि केवल एक बड़े स्कूल छोटे स्कूल में अच्छा टीचर नहीं पढ़ाते हैं। वहां पे भी अच्छा टीचर पढ़ाते हैं बस फर्क यह है कि बच्चे बच्चा किस टीचर से समझता है जिससे समझेगा उनको वो चुन लेगा हमारे प्लेटफॉर्म पे सारे स्कूल्स का एक बराबर फीस होगा ठीक है वो हम निर्धारित करेंगे तो इसके लिए आपको भी आगे बढ़ना होगा क्योंकि अभी हमारा देखिए ये प्रोजेक्ट एकदम नया है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं करोड़ों रुपए खर्च करूं मार्केटिंग के लिए अगर आपको लगता है कि इस फैसिलिटी से गरीब बच्चों के लिए फायदेमंद है ठीक है क्योंकि गवर्नमेंट को तो लगा हमने अपना अप्रूवल डीआईपीपी के लिए जब हमने इसको डाला हमें 14 दिन के अंदर डीआईपीपी का रिकोगशन मिल गया क्योंकि आइडिया था यह आपका जो है इनोवेटिव केले बिजनेस मॉडल था ठीक है स्कूल की आमदनी इससे बढ़ेगी स्कूल इस को करोड़ों नहीं खर्चा करना है बच्चे को ज्यादा पे नहीं करना है फीस ठीक है तो बच्चे को कम फीस देना है उसका भी फायदा स्कूल को कम पैसे खर्च करने हैं, उसको भी फायदा उसी इनफेक्ट देखा जाए कम क्या कुछ भी नहीं खर्च करना है जो उसका एक ब्रांच चल रहा है स्कूल या कोचिंग का वो अपने उसी ब्रांच से ऑल ओवर इंडिया सारे पूरे भारत के बच्चों को पढ़ा लेगा ठीक है तो कोई उसको अलग से नहीं खर्चा करना है और फीस भी उसे मिलेगा तो स्कूल का भी फायदा बच्चों का भी कम फीस देना उसका भी फायदा ठीक है टीचर्स ऑनलाइन पे मोड पे आएंगे वो भी पढ़ाएंगे हमारे उसमें उनका भी फायदा क्योंकि देखा जाए तो देखिए हमारे यहां इंडिया में गवर्नमेंट टीचर्स की तो सैलरी अच्छी ठीक ठाक है अच्छी है वो अपना घर चला ले अच्छे से मगर प्राइवेट टीचर्स की सैलरी बहुत अच्छी नहीं है ठीक है कहा जाए तो अच्छी ही नहीं है अगर वो ट्यूशन कोचिंग ना पढ़ाएं, तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे ठीक है तो हमारे माध्यम से उनको भी फायदा ठीक है यहां किसी का नुकसान नहीं है बस काम आपको यह करना है कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है लेक्चर देते समय रिकॉर्डिंग कर लेना है उसका ठीक है तो इस छोटे से काम से सबका फायदा हो जाएगा मैंने कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाया इसमें कुछ भी नहीं किया ये कोई भी कर सकता था ठीक है बस बसरते प्रॉब्लम इतनी छोटी थी कि, कि किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और कोई बात नहीं है तो आज इसी के साथ अब समाप्त करना चाहूंगा मैं कोई स्पीकर तो हूं नहीं शायद बहुत अच्छे से अपने बात को आप लोगों तक तो ना पहुंचा पाया हो, मगर जितना भी बोला हूं वो दिल की गहराइयों से बोला हूं प्लीज समझने की कोशिश करिएगा कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा मैं जरूर रिप्लाई करूंगा उसका ठीक है आगे चलकर मैं अपने युवा भाइयों के लिए अपने YouTube चैनल पे अपने Facebook पे Insta, Twitter, सारे जगह नए नए स्टार्टअप्स के बारे में भी बताऊंगा ठीक है स्टार्टअप्स करते कैसे हैं एक नया कॉन्सेप्ट लाया हूं मैं वर्चुअल स्कूल ठीक है वर्चुअल स्कूल क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में ठीक है तो बने रहिएगा हमारे साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखिए धन्यवाद